स्कूलों में बच्चों को लाने वाले वाहन कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं इसका कारण होता है वाहनों का अनफिट होना और क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना ऐसे वाहनों की समय समय पर जांच हो इसके लिए जांच हेतु एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है छिंदवाड़ा जिले के सभी स्कूलों में आने जाने वाली वाहन की जांच करने की मांग युवा नेता सागर बावरिया ने की है बावरिया का कहना है कि स्कूल वैन में क्षमता से कई गुना अधिक बच्चों को बैठा स्कूल वाहन चलाए जाते हैं जिससे लगातार दुर्घटना का डर लगा रहता है बच्चों के पालकों को भी ध्यान देना चाहिए कि उस वाहन या वैन में कितने बच्चे आगमन करते हैं वहाँ पूरी तरह फिट है या नहीं ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है इसीलिए युवा नेताओं के मंडल ने एस को ज्ञापन दे कर जाँच करने की मांग की है आज हम लोगों ने एस डी महोदय जी को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने मांग रखी है कि जो स्कूल में जो हमारे बच्चे जाते हैं वो स्कूल वैन ऑटो मैजिक ऐसे कई संसाधनों से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं कि उस ऑटो में कितने बच्चे हमारे जाते हैं क्षमता के क्षमता से बहुत अधिक उस ऑटो में ऑटो चालक बच्चों को बिठा हैं और एक बड़ी घटना ऐसा होने से हम लोग उससे बचे ये हम लोग ने आज एच महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि वो पुलिस प्रशासन और इस्कूल प्रबंधन को आदेश करें और हम लोग भी पालक लोग जो हमारे बच्चे जो जाते हैं उस पर हम लोग भी उसमें अमल करेंगे कि हम लोग भी उसको ज़रूर ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमारे बच्चे जिस ऑटो जाते हैं उस ऑटो में क्षमता के अनुसार ही बच्चे जाएँ और सुरक्षा के क्या क्या उनोंने ऑटो चालकों ने सुविधा बनाई है उसे भी हम लोग ध्यान दें